नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दर्शकों 13 अक्टूबर के दैनिक राशिफल में और आज का राशिफल रहने वाला है कई मामलों में खास खास इस वजह से क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा से संबंधित सभी राशियों के लिए हम उपाय बताएंगे आगे बने दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि, कि प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध में व्यवहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशि न विवाहे सर्व यात्रा यात्रायाम ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधानोत्तम नाम राशि ना चिंता है तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप राशिफल देखिए तो जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए तो दर्शकों मेज से लेकर के मीन राशि का हाल कैसा रहेगा इस पर आगे बढ़े लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग कर तो विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर तक आज जो है आश्विन शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी दर्शकों पूर्णिमा तिथि रहेगी सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर सैतीस मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इसके उपरांत रेवती नक्षत्र का नक्षत्र लग जाएगा आ, योग जो रहेगा ये व्याख्यात योग रहेगा इसके उपरांत हर्षण योग रहेगा करण रहेगा विष्टि इसके उपरांत भव और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा बालो करण रविवार दिन रहेगा दर्शकों और पूर्णिमा तिथि है पूर्णिमा तिथि के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तिल से तिल का जो तेल होता है उसका सेवन पूर्णिमा तिथि में नहीं करना चाहिए और कासे के पात्र में किसी भी प्रकार से भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए मनाही होती है तो दर्शकों आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के लिए जो खास उपाय है ये आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले तो कोशिश करना है कि आज किसी भी हमारे जितने भी क्लाइंट ये वीडियो देख रहे हैं नमक का सेवन नहीं करना है आपके ब्लड में नमक बिल्कुल भी नहीं घुलना चाहिए जितने भी लोग जिनकी जिनका चंद्रमा नीच का होता है या चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित होता है विषदोष बनाता है या चंद्र राहु का ग्रह दोष बनता है केतु के साथ बनाता है बुद्ध के साथ तो जिनका जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है आपकी कुंडली में तो नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है आपकी जो इच्छा हो खाइए फल फ्रूट खाइए जूस पीजिए दूध का सेवन करिए लेकिन नमक आपके ब्लड में आज के दिन नहीं भूलना चाहिए और जैसे ही दर्शकों जो है रात्रि हो रात्रि के समय आपको करना क्या है सूर्य का प्रकाश जैसे हमारी जो है हड्डियों के लिए बहुत आवश्यकता आवश्यक होता है डॉक्टर लोग बताते हैं कि जब भी विटामिन डी की कमी होती है शरीर में तो सूर्य के प्रकाश में बैठने की सलाह देते हैं उसी प्रकार से जब हम लोगों का मन वो कहते नहीं है कि जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है टेंशन रहती है अनिद्रा आती है तो आपको करना क्या रहेगा चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आप लोग चेयर डालिए शादीशुदा है तो पति पत्नी एक साथ बैठिए और अगर सिंगल है तो सिंगल ही चंद्रमा के प्रकाश में आपको कुछ क्षण व्यतीत करने हैं आधा घंटा भी हो सकता है एक घंटा भी हो सकता है और देखिए दर्शकों आप लोग हमारे पास फोन करते हैं पंडित जी ये नहीं है वो नहीं है ये करा दीजिए वो करा दीजिए हमसे आप क्या मांगते हैं हम आपको क्या दे पाएंगे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया देने वाला तो ऊपर वाला है तो आपको दर्शकों करना क्या है चंद्रदेव से हाथ जोड़ करके और मन ही मन जो भी आपकी विषय मांगिए दर्शकों निश्चित ही आपकी वो इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होगी दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा चंद्रदेव को अर्क देना रहेगा दूध से और दूध में मिश्री और केसर डाल के अर्घ्य देना रहेगा इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है तो ये क्रिया आप लोग करिएगा जो चंद्रदेव का मंत्र है ओम ऐम क्लीम सोमाय नमा या ओम श्राम श्रीम स्रोम सा चंद्र मन इस मंत्र से भी दे सकते हैं या ओम सोम सोमाय नमा से दे सकते हैं चंद्रमा का कोई भी मंत्र जप लीजिए आप लोग जो है चंद्रमा की रोशनी में बैठ के ये क्रिया करिए दर्शकों और आप लोग खुद देखेंगे अपने जीवन में कैसे कैसे चेंजेस होना स्टार्ट होता है तो ये क्रिया सभी लोग करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक है ये सभी लोग करेंगे तो दर्शकों रविवार दिन रहेगा आपको जो है दिशाशूल की बात बता देते तो रविवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि किसी कारणवश करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो आप लोग जो है पान का अथवा घी का सेवन कर सकते हैं गुड़ का सेवन करके जल पी करके और पहले पूर्व दिशा की ओर चार पक चलिएगा तदउपरांत पश्चिम दिशा की ओर आपको चलना रहेगा शुभ मुहूर्त की ओर आ जाते हैं तो दर्शकों अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर उनतीस मिनट से बारह बजकर पंद्रह मिनट तक का रहेगा और एक बजकर दोपहर सैंतालीस मिनट से लेकर के दो बजकर तैंतीस मिनट तक का विजय मुहूर्त रहेगा राहु काल की बात करते हैं तो राहु काल शाम को सात बजकर ग्यारह मिनट से लेकर के पाँच बजकर सैंतीस मिनट तक की दर्शकों देखिए राहुकाल लगा हुआ है राहुकाल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यो की मनाही रहती है चंद्रदेव का गोचर जो रहेगा मीन राशि में चंद्रमा चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव कन्या राशि में चलायमान रहेंगे तो दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा हाल इस पर हम दृष्टि डालते हैं मेष राशि के जातकों तो आज का दिन आपका बहुत शानदार बीतेगा आज आप किसी धार्मिक क्रियाकलापों में गतिविधि ले सकते हैं आज आपके व्यवहार से कुछ लोग काफी प्रभावित होते हुए नजर आएंगे नए लोगों से मुलाकात मददगार आपके लिए साबित होगी आज आपसी विश्वास के सहारे आपके संबंधों में मजबूती आएगी आज आपकी कोई खास इच्छा जो है ये अधूरी थी यदि बहुत दिनों से तो पूर्ण हो सकती है ऑफिस में उच्चाधिकारियों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा और इससे आपके उत्साह में इजाफा मिलेगा संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज रात्रि में जब चंद्रदेव का उदय हो जाए तो चंद्रमा के प्रकाश में आधे घंटे आपको बैठना है दूसरा दर्शकों खीर बनानी है खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में आपको रखना रहेगा और जो चंद्रमा की शक्तियाँ हैं वो जब उस खीर में प्रवेश कर जाए उसके बाद आप उस खीर को खाइएगा काफी कुछ अच्छा बीतेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा भाई, शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा, आपके लिए दिशा। सिद्ध होंगे। और आज आपका दिन शानदार बीतेगा शादी शुदा है तो पति पत्नी के बीच आज का संबंध बड़ा मधुर रहेगा आज का दिन व्यवसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा आज ऑफिस में आपके कार्य की प्रसन्नता होगी आज आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हो सकती है यदि आज, आज आप व्यापारी हैं तो आज आपको विशेष सफलता हासिल हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज रात्रि में आपको जो खीर बनाना है उसमें इलायची डाल देनी है और उस खीर को चंद्रमा के प्रकाश में कम से कम आधे घंटे से एक घंटे तक की रखिए और उसके बाद उस खीर को आपको ग्रहण करना रहेगा शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना रहेगा ओम नमस् शिवाय मंत्र से शुभ कलर आपके लिए रहेगा भाई, शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा मिथुन राशि आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आप सभी कार्यों में बहुत हद तक की सफल रहेंगे मिथुन राशि के महिला वर्गों के लिए आज कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और बेहतर रहेगा आज आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे ऑफिस का पेंडिंग वर्क आज पूरा हो सकता है Uh, आज जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं उनको गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आएगी सामाजिक स्तर पर आज आपका मान सम्मान और दुद्वाब बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो धर्म स्थान पर कपूर का दान करिए और रात्रि में चंद्रदेव की आरती करिएगा तो कपूर से आरती करिएगा चंद्रदेव आपके सभी पीड़ाओं को हरेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा कर्क राशि के जातकों आज आपके मन में नए नए विचार जन्म लेंगे मन में कुछ उत्सुकता रहेगी आज, आज आप अपने मन को कुछ कंट्रोल करिए तो बेहतर रहेगा कर्क राशि के जातक किसी से बहसबाजी करने से आज, आज आपको बचना होगा शादीशुदा लोग अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी गलत फहमी को ना पालें आज, आज आप किसी नए कार्य की योजना भी बना सकते हैं आय के स्रोतों में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं आज कोई प्राइवेट नौकरी इत्यादि या कोई नए प्रोजेक्ट पर आपको काम मिल सकता है जिसमें आज आप सफल होंगे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा उपाय के तौर पर सूर्य देव को सुबह अर्घ्य दीजिएगा आधित हृदय स्रोत का पाठ करिए और रात्रि में आज चंद्रमा को आपको जल में मिश्री डाल करके अर्घ देना रहेगा और खीर बनाकर के चंद्रमा की रोशनी में रखिए और उस खीर को आप ग्रहण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा अच्छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा सिंह राशि के जातक आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा लोगों के बीच आज आपके काम की तारीफ हो सकती है आज आर्थिक लाभ के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी माता पिता आज कहीं पर किसी धार्मिक क्रियाकलापों में जो है बाहर जा सकते हैं और किसी नए तीर्थयात्राओं पर जाने का योग बन रहा है वहीं वाहन चलाते समय आज आपको सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी मामले पर आज आपको बातचीत करते समय अपनी वाड़ी पर संयम बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा किसी बहसबाजी सकते। उपाय के के तौर पर पर करना करना रहेगा? रहेगा रहेगा। चंद्रमा के वैदिक मंत्रों की एक माला का का आप लोगों को जाप और धर्म स्थान दूध दान शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा तो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कन्या राशि आज आपका दिन उत्तम रहेगा पार्टनर से आज आपके संबंध मजबूत रहेंगे किसी काम में लगाई गई आज आपकी मेहनत रंग लाएगी करियर के लिए इतिहास से आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है आज कोई नई नौकरी इत्यादि आपको मिल सकती है किसी नए स्थान पर आज आपका स्थानांतरण हो सकता है ज्वाइनिंग इत्यादि कर सकते हैं ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य आज पूरे होंगे जिससे आपके अंदर मन में बड़ी खुशी रहेगी काम में सीनियर का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा यदि आज बिजनेस में है तो धन लाभ होने की संभावना रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन रात्रि में चंद्रदेव को दूध में जल डालिएगा मिश्री डालिएगा और चांदी का यदि कोई पात्र है तो उससे आपको अर्क देना रहेगा और चंद्रमा के मंत्र की माला जो है एक माला चंद्रमा की रोशनी में बैठ के आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा तुला राशि आज आपका दिन मिला जुला रहेगा पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा कोई सहपाठी आज, आज आपसे अपनी खास बात शेयर कर सकता है किसी पुराने मित्र से मिलने का योग बन रहा है आज आपका पैसा कम आएगा लेकिन जाएगा अधिक कोई महंगी एक्सपेंसिव चीजों पर आज आपका खर्च अधिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना होगा किसी से बहस होने की संभावना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन आप लोगों को दूध में थोड़ा सा शहद डालना रहेगा और इलायची डाल करके चंद्रदेव को अर्घ देना रहेगा और चंद्रदेव की एक माला का जाप चंद्रमा की रोशनी में बैठ के आपको भी करना है शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन बढ़िया बीतेगा आज आपको कुछ जरूरी कार्यों में दोस्तों की मदद मिलेगी कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आने वाला रहेगा साथ ही पहले से की जो है पहले से यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी परिवार का वातावरण काफ़ी सुखद रहेगा दाम्पत्य संबंध भी आपके मधुर रहेंगे आज आपकी उलझनें कुछ कम होंगी कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है धर्म स्थान पर आज, आज आपको मिश्री का दान देना रहेगा और भैरव मंदिर में दूध का दान यदि आप करते हैं तो सफलता आपके कदम चुमेगी चंद्रमा के प्रकाश में आज, आज आपको थोड़ी देर बैठना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि एक पात्र में खीर बना करके और रात भर उसको चंद्रमा के प्रकाश में रखिए उसके बाद उसको ग्रहण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा धनु राशि आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ होगी जिससे आज आपका मन प्रसन्न रहेगा परिवार में सबके साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी किसी नए प्रोजेक्ट के संबंध में मित्रों की सलाह फायदेमंद रहेगी जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की आज आप प्लानिंग बना सकते हैं यात्राएं आपकी सुगत रहेंगी शाम को आज अपने बच्चों के साथ अच्छा समय स्पेंड करते हुए नजर आएंगे आर्थिक मामलों को लेकर के कुछ लोग मददगार साबित होंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्यदेव को आपको अर्घ देना रहेगा और आज आपको दूध का दान धर्म स्थान पर करना रहेगा रात्रि के समय दूध में केसर डाल करके और हल्दी डाल करके चंद्रमा को आपको अर्घ देना रहेगा चंद्रमा के प्रकाश में थोड़ी देर अपने आप को व्यतीत करिए बिताइए और चंद्रमा से अपनी इच्छा मांगिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कैप्रिकॉन मकर राशि तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा व्यवसाय में आज, आज आपको फायदा होगा ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज किसी सहकर्मी की मदद ले सकते हैं आज ऑफिस के कार्यों के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर में आज, आज आप पढ़ सकते हैं और आज किसी से बात विवाद मत करिएगा अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह देने उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को सूर्य देव को अर्घ देना रहेगा और भैरव मंदिर में जा कर आपको मिश्री का और दूध का दान ये अवश्य करना रहेगा और रात के समय चंद्रमा के प्रकाश में आपको टहलना है और चंद्रदेव को आज आपको जल से अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कुंभ राशि दिन ठीक ठाक रहेगा कोई रुका हुआ कार्य आज आपको पूर्ण हो सकता है शाम तक की आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा आसपास के लोग आज आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न रहेंगे आज लवमेट के साथ बेहतर समय बीतेगा कहीं बाहर जा सकते हैं आज सोचे हुए कार्यो में गति मिलेगी यदि आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं और ये बदलाव आपके फेवर में होंगे कोशिश कीजिएगा कि सफेद वस्त्रों का दान आज आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा गेहूं का गुड़ का दान किसी लेबर क्लास को आज आप दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आप लोग फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए मीन राशि के जातकों आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा आज आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी किसी पुराने मित्र से मिलने आज आप उसके घर पर जा सकते हैं ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न रहेंगे लेकिन आज आपका दिन गहन चिंतन में बीतेगा आप किसी बात को लेकर किसी विचारों में खोए रह सकते हैं वहीं कुछ नए लोगों से आज, आज आपसे मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात फ़ायदे में रहेगी प्रातःकाल से यात्राओं के योग बन रहे हैं आज छात्रों को शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन प्रयास करिएगा विष्णु सहस नाम का आपको पाठ करना रहेगा और चंद्रदेव को जब आप अर्घ देंगे तो जल में शहद डाल करके और दुर्बा डाल करके आज आपको अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा एक और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व दिशा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार